देवभूमि उत्तराखंड में भी नशे के सौदागर अपने पेड़ जमा रहे हैं ऐसे में देहरादून पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की है देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साढ़े आठ लाख के के साथ दो स्मैक तस्करों को रायवाला थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है ये दोनों ही नशा तस्कर बरेली के रहने वाले हैं इनके नाम पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज सिद्दीकी उर्फ सानू है देहरादून एस दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि की रायवाड़ा चौक के आगे रेलवे स्टेशन के पास गश्त के दौरान दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए जो पुलिस टीम को देख दूसरी दिशा की ओर मुड़कर जाने लगे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा दोनों युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई इनकी तलाशी लेने पर दोनों अभियुक्तों के पास से प्लास्टिक की पन्नी में छुपा कर रखी गई कुल छियासी ग्राम स्मैक बरामद हुई प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त स्मैक को मीरगंज बरेली से लाकर रायवाला में सुनैना मेहोत्रा नाम की महिला को देने के लिए आना बताया गया है कल रायवाला थाना तो टीम ने लोग व्यक्तियों को और रहने वाले हैं मैं छियालीस ग्राम इस उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में साढ़े साठ लाख के आस पास की मंदिर बरामद किया तो गया है एक तीसरी महिला है सुनैरा मरा सुनैरा मलौदा जो की रहने वाली है ये बताया जा रहा कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे मध्य तो प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है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 आपके हाथ में आप देख रहे हैं दखन न्यूज